माई के चरण बीना के माई के चरण बीना के भलाई नई के पूा बड़े जिनका घर में माई नहीं है बो भगाड़ें जिनका घर में माई नहीं जब सतावे लाग जड़बा माई वढ़िया जब सतावे ला जलवा जब सतावे लागे जलवा माई वढ़िया चरवा जब सतावे लागे जलावा ली उनका चरा जैसा तोष तो के उनका रज नई तो तो के रजाई नहीं बुआ भागा बण इ घर में माई भागा बणे इनका घर में मै नई के जब बबुआ के भूख तता रे मईयान दूध पिया बबुआ के भूख तता रे मई अपन दूध पिया जब बबुआ के भूखा ततावे अपन दूध पिया जब बबुआ के भूख दत मैयान दूध पिया उनका दूध जैसा खोवा उनका दूध जैसा खोवा मलाई नहीं खे बणे जिनका घर में माई जाइ भगा बण ज घर में मई नई माई के चरण बीना केहू के माई के चरण बीना केहू के भलाई नहीं के उ बाड़े जिनका घर में माई नहीं के उ बाड़े जिनका घर में माई नहीं